बोल बोलेदानी कोई और नहीं बोल बोलेदानी चेनला कोई और नहीं मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं दानी कोई निरा लाइलानी से निरा हरिओम नमा शिवा हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सिर ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं बोलदानी च निरा कोई दम दम दम बोले। उनका डमड़ू डमडम बोले अगम निगम के भेद उनके डमड़ू डमडम बोले अगम निगम के भेद खोले के डमडू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनके डमड़ू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले ऐसे भक्तों के रखवाया कोई रोर नहीं बोले नानी या करवट बदले पाँच चमके अगले पिछले जब काया करवट बदले पाँच चमके अगले पिछले जब काया करवट बदले पाँच चमके अगले पिछले जब काया करवट बदले चमके अगले पिचले ऐसे जगाने वाला ऐसे जोत जगाने वाला कोई और नहीं बोलदानी सिरा ला कोई और नहीं बोलदानी से निराला कोई और नहीं बोलदानी से निराला कोई और नहीं हरिओ हरिओ बनाने वाला कोई और नहीं बोले दानी कोई और नहीं बोले दानी